हेलो आप लोगों के सामने मैं फिर से एक बार आ, अपना यूट्यूब चैनल जिसे आप लोगों ने पहले भी बहुत सारा प्यार दिया था बट मैं अपनी व्यस्तता के कारण उसको छोड़ चुका था और सारे वीडियोस वगैरह सब डिलीट कर दिया था फिर से उसी एक मोड़ पे लेकर के आ, मेरी डेस्टडी मुझे लेकर के आई है जी अब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर आई और एडवांस आई के एक्सल कैट एनालिसिस के लिए कैट टूल्स के लिए जो यूज़ होते हैं एक्सल और आइडिया एक डाटा अनाल और ऑडिट सॉफ्टवेयर है उसको मैं पढ़ाने का काम करता हूँ उसके लिए ट्रेनिंग देने का काम करता हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो सीए कर रहे हैं जिनको मैं ट्रेनिंग के लिए देने के लिए जाता हूं इंस्टीट्यूट तो वहां पर वो सभी बोलते हैं कि सर आप अपना एक यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम या फेसबुक के जरिए आप हम लोगों के साथ कनेक्ट होइए और उस वीडियोस वगैरह सब डाला कीजिए तो मैं आफी के सजेसन के ऊपर ही अपना यूट्यूब चैनल को फिर से वापस ले करके आना चाहता हूँ उसी प्लेटफॉर्म पर Uh, कुछ इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूँगा कुछ ट्वीट भी करूँगा अलग अलग तरीके से पैटर्न पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अभी शुरुआती है वीडियो का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वीडियो पे प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए कैसे रिएक्ट करना चाहिए वीडियोस कितनी शॉर्ट होनी चाहिए या कि, कितनी लेंथ की होनी चाहिए कितनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए uh, मेरी मीडिया जो है साथ में छोटी वाली जो है वो बस गणेश जी देखी जा रही है <laughs> उसे भक्ति वाले सीरियल्स बहुत पसंद हैं तो वो देखती है uh, मेरा बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे भी आप लोग क्लास में प्यार देते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि अपना 100 परसेंट कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए दे सकूं इस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे मुझे चुना गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा उसी से रिलेटेड मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं अपने आप को कंक्लूड करना चाहूंगा कि वापस हम लोग मिलते हैं यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से इंस्टाग्राम के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से और एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैसे मेरा जो नाम अभी रखा मैंने सी पांडे के नाम पर रखा है आ, लेकिन आप इसे सर्च कर सकते हैं ऐट द रेट आई एम एक्स एल आई एम एक्स एल ई एक्स सी ई एल आई एम एक्स तो ये चीज़ है और इसका जो टी के पांडे से नाम चूज करके नाम अलग करूँगा उस पर लिखेंगे हेलो आई एम एक्सएल जस्ट आई एम एम फॉर मनी जस्ट एम नोट ए एम नोट एम आई एम एक्सल हाई के साथ में आएगा या हेलो के साथ आएगा हेलो आई एम एक्सल इसमें ही आप लोग सीखेंगे डाटा एनालिटिक्स मेरे जरिए मैं जो कोशिश करूँगा जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर सकूँ और आपके अगर कोई डाउट्स होंगे उस डाउट्स को भी मैं क्लियर करूँगा डेफिनेटली और थैंक्स फॉर योर लव जस्ट शेयर माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स वीडियो लव वस जिसके लिए आप चाहते हैं कि उसे भी सीखना चाहिए और अच्छा लगेगा और साथ में मुझे प्यार देते रहें इसी तरह से सजेशन देते रहें और आप लोग स्टूडेंट से नहीं हैं बल्कि आप लोग मेरे मार्गदर्शक भी हैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं क्लासेस में भी बोलता रहता हूँ क्योंकि आप ही लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी जो मेरी रिविजन है हो सकती है तो मैं एक क्वेश्चन बैंक बनना चाहता हूं एक्सेल के लिए और डाटा एनालिटिक्स आईडिया सॉफ्टवेयर के लिए कि आप लोग जब भी किसी भी क्वेश्चन को करें मतलब ठीक एटीएम की तरह कि आपने कार्ड डाला मतलब क्वेश्चन डाला अपना पिन दबाया मतलब आपने अपनी तरफ से आईडी से शो किया और आपको रिजल्ट मिल जाए मैं उस लेवल पर ही रहना चाहता हूँ और आप ही लोगों के द्वारा ही ये पॉसिबल है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें उसके ऊपर मैं रिसर्च करूं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आऊं और आप लोगों के साथ डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ मैं शेयर कर सकूं कि अगर कोई एक फार्मूला है उस फार्मूले का इंटरप्रटेशन किसी दूसरे फॉर्मूले के साथ कैसे हो सकता है या किसी सिचुएशंस के साथ हम कैसे चेंज कर सकते हैं या किसी सिचुएशंस का अगर रिजल्ट हमें निकालना है तो क्या वो फार्मूला कामयाब हो सकता है इस तरीके की कॉन्सेप्ट के साथ में ही हम लोग हमेशा बात करते हैं क्योंकि एक लिमिटेड एडिशन तक होता है ये मैं भली भांति समझ सकता हूँ कि अगर किसी को कोडिंग समझने में दिक्कत आती है या कोड जिसे आता ही नहीं है किसी ने आज तक कोडिंग नहीं करी है तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं उसकी दिक्कतों को समझ सकता हूँ हालांकि मुझे भी कोडिंग्स नहीं आती है but I love Excel I love idea uh, to explore both of these softwares uh, at different uh, parameters for different level तो so, I shall be concluding uh, with this just this is not कंक्लूसन this is बिगनिंग yes this is बिगनिंग for your love and dedication what I am giving to you all thank you thank you so much